बाबा बालकनाथ हिंदू पौराणिक कथाओं में बाबा बालकनाथ जी हिंदू आराध्य हैं जिनको उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश पंजाब दिल्ली में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है इनके पूजनीय स्थल को देवर के नाम से जाना जाता है ये मंदिर हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के चमकोर गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर पर स्थित है मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकिक गुफा है जैसे मानता है कि ये स्थान बाबा जी का आवास स्थान था और मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है भक्तगण बाबा जी के वेदी में रोट चढ़ाते हैं। आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर रोड बनाया जाता है यहां पर बाबा जी को बकरा चढ़ाया जाता है जो कि प्रेम का एक प्रतीक है बता दें कि यहां पर बकरी की बलि नहीं दी जाती बल्कि उनका पालन पोषण करता है बाबा जी की गुफा में महिलाओं का प्रवेश पर प्रतिबंध है उनके दर्शन के लिए गुफा में बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है जहां से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं मंदिर से करीब छह किलोमीटर आगे स्थान शातलाई स्थित है ऐसी मान्यता है कि की इसी जगह पे बाबा जी ध्यान योग किया करते थे चलिए सिद्ध बाबा बालनाथ जी के बारे में इनका संबंध ब्राह्मण या नाथ देवता में किया जाता है उनका मंत्र भी है ओम नमो सिद्धाय और चढ़ावा ढोली चिंता विरागन हो तो माता का नाम माता रत्नो और सवारी इनकी मोर है और त्योहार चेत महीना चलिए बाबा बालकनाथ जी के जीवन के बारे में जानते हैं। बाबा बालकनाथ जी की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ है जैसे सतयुग त्रिपता युग और द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग में और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया है जैसे कि सतयुग में सकंद तृप्ता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए हैं अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों और निस्हायों की सेवा सहायता करते हुए दुख दर्द और तकलीफों का नाश किया है हर एक जन्म में वह शिव के बड़े भक्त में कहलाए और द्वापर युग में महाकोल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध शस्त्री से हुई उसने बाबा जी से गां जाने की अभिलाषा पूछी वृद्ध शास्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वे भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती जो कि मानसरोवर नदी के अक्सर स्नान करने के लिए आया करती थी उनसे तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए और बाल योगनाथ जी ने गुजरात कटियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णु वैश था बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे ये देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया परंतु बाबा जी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी जात्यात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी जैत्यात्र से सिद्धि की बुनियादी शिक्षा ग्रहण की और सिद्ध बने तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा बाबा जी के दो प्रथम साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं जो कि उनकी उपस्थिति में अभी भी प्रमाण हैं। जिनमें से एक है गरुण का पेड़ ये पेड़ अभी भी शातलाई में मौजूद है इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे दूसरा प्रमाण एक पुराना पोलिक स्टेशन है जो कि बरसर में स्थित है जहाँ पर उन गांवों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों को फसल खराब कर दी थी और जिसकी कहानी इस तरह है कि एक महिला जिसका नाम रत्नो था बाबा जी को अपनी गांव और रखवाली के लिए रखा गया था जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई और रोटी लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था एक बार जब रत्नों बाबा जी को आलोचना कर रही थी कि वह गांव को ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं, जबकि रत्नों बाबा जी के खाने पीने का खूब ध्यान रखती थी बस रत्नो माता का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने रस्सी और लोटियां जमीन से निकाल कर सामने रख दी बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचार्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है जहाँ पर बाबा जी तपस्या तो करते हुए अंतर ध्यान हो गए थे